Ek Savite Mila Kala, Ahe Naam Se Jo Ake Tadang Rakhe, Ahe Naam Se Jo Ake Tadang Rakhe, Ahe Naam Se Jo Ake Tadang Rakhe, Ahe Naam Se Jo Ake Naam.